हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं राजेंद्र प्रसाद आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं आज हम इतिहास के एक अन्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है और पिछले टॉपिक के अंतर्गत हम देख रहे थे हड़पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग बिंदुओं के आधार पर ए, उसको खोल करके देखने की कोशिश की थी या अलग अलग बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास किया था जैसे उसकी खोज किसने की उसका काल निर्धारण क्या है उसका उद्भव कैसे होता है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता क्या हैं कौन है इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा था कि इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं है क्या हैं और जो अन्य टॉपिक जो बचे हुए हैं उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल और इस सभ्यता का पतन किस प्रकार से होता है उसके बारे में ठीक है तो आज के टॉपिक के अंतर्गत हम लोग हड़पा सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और पतन के बारे में देखेंगे ठीक है तो देखते हैं हड़पा सभ्यता और मुख्य बिंदु है हड़पा सभ्यता के मुख्य स्थल ठीक है जो मुख्य स्थल हैं वहाँ से यूपीएससी पीसीएस परीक्षाओं और अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे जैसे मान लीजिए कि हड़पा सभ्यता क्वेश्चन के तौर पे देखें तो जैसे हड़पा सभ्यता के प्रथम स्थल की खोज या प्रथम किस स्थल की खोज हुई किस स्थल की खोज हुई या फिर जैसे लोथल किस राज्य में है मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है इस तरह के क्वेश्चन या जैसे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इस तरह के क्वेश्चन या फिर जैसे भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इस तरह के क्वेश्चन या फिर आगे देखें तो जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार प्रसादन की सामग्री कहां से मिली है इस तरह के क्वेश्चन या फिर सबसे बड़ा स्थल कौन सा है स्नानागार कहा मिला है इस तरह के क्वेश्चन या फिर बंदरगाह या गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं इस तरह के क्वेश्चन यानी भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जो इस सभ्यता से जुड़े हुए हैं और वो खास करके जो प्रिलिम्स की एग्ज़ाम होती हैं उसमें बड़े आसानी से पूछे जाते हैं अगर हम थोड़ी सी समझ इनके बारे में रखते हैं या कुछ तथ्यात्मक इनके बारे में जानकारी रखते हैं तो उन प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं ठीक है तो आज हम देखेंगे मुख्य स्थल हड़पा सभ्यता के मुख्य स्थल और इन स्थलों के बारे में हम इनको अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जैसे मान लीजिए स्थल इसकी स्थिति क्या है यानी किस राज्य में या किस देश में स्थित है किस नदी के किनारे है उसको देखेंगे खोजकर्ता इसके खोजकर्ता कौन है कब उस स्थल की खोज हो रही है उसके बारे में देखेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ से हमें प्राप्तियाँ क्या क्या हो रही हैं यानी क्या मिल रहा है वहाँ पर या उस स्थल के मुख्य बिंदु क्या क्या है उस चीज को समझने का प्रयास करें प्रयास करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो स्थल है उसका नाम देखेंगे फिर उसकी जो स्थिति है उसका लोकेशन है उसको देखेंगे उसकी खोज कौन कर रहा है उसको देखेंगे और अंत में उस स्थल से हमें क्या मिल रहा है या उस स्थल से संबंधित मुख्य बिंदु क्या है उनको समझने का प्रयास करते हैं ठीक है तो मोटे तौर पर देखा जाए तो हड़पा सभ्यता से संबंधित लगभग पंद्रह स्थलों की खोज हो चुकी है ठीक है जिसमें साढ़े नौ यानी 950 के लगभग या उससे थोड़े ज्यादा भारत में मिले हैं और बाकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है उससे मिले हैं ठीक है तो जो मुख्य मुख्य स्थल हैं जिनको नगरों की संख्या दी गई है हड़पा सभ्यता के अंतर्गत उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं और वहाँ से क्या क्या मिल रहा है उसको देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई हो रही है वो है हड़पा ठीक है इसकी स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये अभी का जो पाकिस्तान है उसके अंतर्गत जो रावी नदी है रावी नदी के किनारे स्थित था और पाकिस्तान का एक जिला है माउंट मोगरी में ये अभी वर्तमान में है यानी अगर हड़पा जो स्थल पाकिस्तान में मिला है उसके बारे में उसकी स्थिति के बारे में देखा जाए तो रावी नदी के तट के ऊपर जो पाकिस्तान का मोंट मोगरी जिला है पंजाब प्रांत यानी अभी का जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है उसमें इसकी स्थिति है ठीक है तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अब अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल सर जॉन मार्शल के निर्देशन में के निर्देशन में दयाराम राम सानी ने इस स्थल को खोजा इस स्थल को खोजा ठीक है समय है 1921 का और उस समय जो पुरातत्व विभाग के निदेशक हैं वो हैं सर जॉन मार्शल और इस स्थल की खोज कौन कर रहे हैं दयाराम सानी ठीक है अब जो इस स्थल से प्राप्तियां हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें यहां से मिल रही हैं उसके बारे में देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण तो यहाँ क्या है एक अन्नागार मिला है यहाँ पर हमें एक अन्नागार मिलता है अन्न कूटने के लिए अन्न कूटने हेतु यहाँ पर चबूतरे बने हुए हैं एक तो विशाल यानी बड़े टाइप का अन्नागार मिला है जिसमें अन्न को सुरक्षित रखा जाता था फिर कुछ बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में वहाँ पर अन्न को कूटने के लिए अलग अलग जगह के ऊपर चबूतरे टाइप के मिले हैं जहां लोग अन्न को कूट करके या फिर फसल को निकालने का काम करते थे अब अगर बात करें तो यहां पर श्रमिक आवास मिला है यहां पर हमें श्रमिक आवास मिला है एक कांस्य की मूर्ति मिली है यहां पर ठीक है और एक यहां पर कब्रिस्तान मिला है जिसको नाम दिया गया है R37 और एक दूसरा और कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है जिसको नाम दिया गया है कब्रिस्तान H तो इस तरीके से हमने देखा हड़पा सभ्यता का जो प्रमुख स्थल या जो सबसे पहले खोजा गया स्थल है उसके बारे में और उसके बारे में हमने अलग अलग बिंदुओं के आधार पर देखने की कोशिश की जैसे दोबारा से देखते हैं इसको ये जो स्थल है उसका नाम है हड़प्पा इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के अभी का जो पाकिस्तान है उसमें रावी नदी के रावी नदी के किनारे स्थित था बाएं तट पे है ये रावी नदी के बाएं तट पर मोंट मोगरी जिला यानी पाकिस्तान का जो मोंट मोगी जिला है उसके अंतर्गत पंजाब प्रांत में ठीक है पंजाब प्रांत में इसकी स्थिति है स्थिति के बारे में हमने देखा पाकिस्तान के मोंट मोगरी ज़िले में जो पंजाब प्रांत का मोन्ट मोगरी जिला है उसमें रावी नदी के बाएं तट पर इसकी स्थिति है अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम राम सानी ने इस स्थल की खोज की थी ठीक है और अब यहाँ से जो प्राप्तियाँ हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें या क्या सामग्री हमें यहाँ से मिली है उसके बारे में देखते हैं तो प्राप्तियों की अगर बात करें तो हमें यहाँ पर एक अन्नागार मिला है अन्नकूटने के चबूतरे यहाँ देखने को मिले हैं श्रमिक आवास मिला है कांसे की मूर्ति मिली है कब्रिस्तान मिले हैं दो जिनके नाम हैं एक का आर और दूसरे का कब्रिस्तान एच तो ये थी हमारी हड़पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल हड़पा के बारे में जानकारी ठीक है अब हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में अगले स्थल की बात करें तो हमारा अगला स्थल है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो अगर मोहनजोदड़ो के बात करें तो सबसे पहले हम इसके खोजकर्ता की बात करते हैं सॉरी सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं स्थिति के बारे में देखा जाए तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध प्रांत में सिंधु नदी सिंधु नदी के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है ठीक है और अगर इसके खोजकर्ता के बारे में बात की जाए खोजकर्ता के बारे में बात की जाए तो इस स्थल के खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी राखल दास बनर्जी और इन्होंने 1922 में इस स्थल की खोज की थी और इस समय भी जो निर्देशक है वो है सर जॉन मार्शल ठीक है हमारा स्थल है मोहनजोद्रो स्थिति के बारे में बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दायन तट पर स्थित है और खोजकर्ता की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इस स्थल की खोज की 1922 में और उस समय निदेशक थे वो थे सरजॉन मार्शल अब यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है एक तो विशाल अन्नागार मिला है एक विशाल स्नागार मिला है पुरोहित आवास मिला है यहां पर विशाल स्नागार मिला है विशाल अन्नागार मिला है पुरोहित आवास मिला है पुरोहित की मूर्ति पुरोहित की मूर्ति मिली है यहां पर और अगर देखा जाए तो यहां पर एक श्रृंगी पशु एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है महाविद्यालय मिला है यहां पर और एक यहां पर पशुपति शिव पशुपति शिव की आकृति मिली है ठीक है और एक इतिहासकार हैं पिगट महोदय पिगट महोदय इन्होंने मोहनजोद्रो वे हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है जुड़वा राजधानी कहा है ठीक है तो हमारा स्थल है मोहनजोद्रो उसके बारे में देखा और दोबारा से इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं जैसे स्थल है मोहनजोद्रो अगर इसकी स्थिति के बारे में बात किया जाए तो यह सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर दायने तट पर स्थित है और खोजकर्ता के बारे में बात करें तो राखल दास बनर्जी ने इस स्थल की 1922 में खोज की निर्देशक के बाद बारे में बात करें तो इस समय निर्देशक हैं सर जॉन मार्शल जो हड़पा के समय भी थे अब यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हुई हैं या जो सामग्री हमें मिली है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें विशाल अन्नागार मिला है जिसको सबसे बड़ा स्थल कहा गया है व्हीलर महोदय हैं विलर महोदय ने जो विशाल अन्नागार मिला है इसको हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा है अब अगर बात करें तो यहाँ पर विशाल अन्नागार मिला है सॉरी विशाल स्नानागार मिला है पुरोहित आवास मिला है पुरोहित की मूर्ति मिली है एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है महाविद्यालय मिला है और पशुपति शिव की आकृति हमें यहाँ पर मिली है ठीक है और पिगट महोदय ने इस स्थल को यानी मोहनजोद्रो को और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा है जो हड़पा सभ्यता है उसकी जुड़वा राजधानी कहा है तो इस तरीके से हमने इस स्थल को समझने का प्रयास किया अब देखते हैं अगले स्थल के बारे में अगला जो स्थल है वो है लोथल स्थल है लोथल अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो एक नदी है भोगवा नदी भोगवा नदी और यह नदी है अहमदाबाद अहमदाबाद गुजरात में ठीक है अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो खोजकर्ता है एस आर राव एस आर राव ने उन्नीस में इस स्थल को खोजा था ठीक है स्थल है लोथल स्थिति है उसकी अहमदाबाद के पास में एक नदी है भोगवा और ये गुजरात में है खोजकर्ता के बारे में अगर बात करें तो एस आर राव ने उन्नीस में लोथल नामक स्थल की खोज की थी अब अगर यहाँ पे जो चीज़ें हमें मिल रही हैं जो प्राप्तियां हमें हुई हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर एक हमें गोदी मिला है गोदी बाड़ा से मतलब ये है बंदरगाह तो बंदरगाह एकमात्र सॉरी गोदी की बात करें तो यहाँ से हमें लोथल से प्राप्ति हो रही है और अगर बात करें तो यहाँ पर हमें अग्निवेदिकाएं मिली हैं अग्नि अग्निवेदिकाओं से तात्पर्य है कि एक चबूतरे टाइप के स्थल के ऊपर यज्ञ टाइप का जैसे हवन टाइप का जो हम करते हैं वैसी आकृतियां हमें यहाँ पर देखने को मिली है अग्नि जला करके जो हवन वगैरह करते हैं ऐसा हमें यहां देखने को मिला है और अगर बात करें तो यहां पर घोड़े की आकृतियां देखने को मिली है यानी जो घोड़े की मरण मूर्ति होती है वो हमें यहाँ पर मिली है और यहाँ से हमें रंगाई कुंड मिला है यानी कपड़े वगैरह जो रंगते हैं वो कुंड जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ पर जल प्रबंधन जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था देखने को मिलती है यानी अगर हड़पा सभ्यता के अन्य स्थलों के बारे में बात करें जैसे मान लीजिए कालीबंगा है तो वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है जल प्रबंधन की या जो जल निकास प्रणाली है वो व्यवस्थित नहीं देखने को मिलती लेकिन यहाँ पर लोथल में हमें जल प्रबंधन या जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही उचित प्रकार की या व्यवस्थित ढंग की देखने को मिलती है और एक यहां पर हमें मनका बनाने की मनका बनाने की फैक्ट्री मिलती है ठीक है तो हमने लोथल के बारे में देखा लोथल के बारे में हमने यहां पर जो इसके मुख्य बिंदु हैं जैसे मान लीजिए इसकी स्थिति है उसके बारे में देखा तो स्थिति के अंतर्गत देखा हमने कि भोगवा नदी जो अहमदाबाद में है गुजरात के अंतर्गत ये स्थित था एस आर राव ने इस स्थल को खोजा उन्नीस में और यहाँ से जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उसकी बात करें तो यहाँ पर गोदीपाड़ा मिल रहा है यानी बंदरगाह हमें यहाँ से मिल रहा है अग्निवेदिकाएँ मिल रही है यहाँ पर हमें घोड़े की आकृति या मृण मूर्ति यहाँ से हमें मिली है रंगाई कुंड हमें यहाँ से मिला है जल प्रबंधन की यहाँ पर उचित व्यवस्था देखने को मिलती है और मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर हमें मिलती है या यहाँ पर मनका बनाने की फैक्ट्री थी, थी वो उस समय रही होगी ऐसे अवशेष हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं अब जो अगला स्थल है उसके बारे में देखते हैं अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा इसकी सबसे पहले हम स्थिति के बारे में देखते हैं फिर इसके जो खोजकर्ता है उनके बारे में देखते हैं और बाद में जो यहाँ से हमें प्राप्तियाँ हो रही हैं उसके बारे में देखते हैं तो अगर कालीबंगा की बात करें तो जो कालीबंगा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ काले रंग की चूड़िया ठीक है स्थिति की बात करें तो यह गग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में इसकी स्थिति है यानी कालीबंगा इसका हमने देखा शाब्दीक अर्थ काले रंग की चूड़िया इसकी जो स्थिति है वो गग्गर नदी के पास में जो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के अंतर्गत इसकी स्थिति है खोजकर्ता की बात करें तो अमलानंद घोष ने 1951 में इस स्थल को खोजा था अमलानंद घोष जिन्होंने 1951 में इस स्थल को खोजा है अब अगर प्राप्तियों की बात करें जो चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही हैं तो प्राप्तियों के अंतर्गत सबसे पहले तो जो काले रंग की चूड़ियां हैं वो हमें यहाँ से मिल रही हैं काले रंग की चूड़िया यहाँ से हमें मिली है एक जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं अग्निवेदिकाएं यहां से हमें मिली है भूकंप का साक्ष्य यहां से मिला है भूकंप का साक्ष्य मिला है हमें यहां से यहां पर जो मकान है कच्ची ईंटों के बने हुए थे मकान कच्ची ईंटों के मिले हैं और जल प्रबंधन जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है उचित व्यवस्था का अभाव ठीक है तो ये चीजें हमें यहाँ से मिल रही हैं, दोबारा देखते हैं स्थल का नाम है कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये गग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर स्थित है और अगर खोजकर्ता की बात करें तो अम्लानंद घोष ने उन्नीस सौ में इस स्थल को खोजा था अब अगर यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ से हमें काले रंग की चूड़ी मिल रही है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल रहे हैं और जो जुते हुए खेत हैं उसमें हमें जो खेत की जुताई है वो आड़े और तिरछे यानी इस तरीके से जैसे मान लीजिए इस लाइन में उन्होंने गेहूं बो दिया और इस लाइन में उन्होंने चना बो दिया तो एक साइड में उन्होंने गेहूं बो रखा है एक साइड में जैसे चना बो रखा है तो आड़े तिरछे जो जुताई है उसके साक्ष्य हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ठीक है अग्निवेदिकाएँ हमें यहाँ पर मिल रही हैं इससे पहले अग्निवेदिकाएं हमें कहां पर मिल रही थी लोथल के अंतर्गत तो दो जगह हमें अग्निवेदिकाएं मिल रही हैं भूकंप का साक्ष्य हमें यहां से मिल रहा है यानी जैसे प्राचीनतम साक्ष्यों की अगर बात करें तो भूकंप का साक्ष्य हमें हड़पा सभ्यता के काली बंगा स्थल से हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो मकान है वो कच्ची इंटू के बने हुए थे ठीक है और जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था का अभाव है जैसे अभी हमने देखा कि जो लोथल है वहां पर जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी ढंग की है लेकिन यहां पर आ, अगर हम बात करें तो जो कालीबंगा है वहां पर हमें जल प्रबंधन की उचित व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है ठीक है अब अगर बात करें हम अगले स्थल के बारे में तो अगला स्थल है चन्हूदड़ो स्थल का नाम है चनहूदड़ो चनहूदड़ो इसकी स्थिति के बारे में अगर देखें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है ठीक है यह इसकी स्थिति है और अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें जो चनो के खोजकर्ता करता है उनके बारे में तो इस स्थल की जो खोज की थी वो मजूमदार और अर्नेस्ट मेके दो व्यक्ति हैं उन्होंने 1931 के अंदर इस स्थल की खोज की है तो बात करते हैं खोजकर्ता के बारे में 1931 में एम जी मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने इस, इस स्थल की खोज की अब बात करते हैं यहां से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में ठीक है तो सबसे महत्वपूर्ण तो जो चीजें यहां से मिली हैं वो है श्रृंगार प्रसादन से संबंधित चीजें ठीक है बात करते हैं यहां से जो चीजें प्राप्तियां हुई हैं उनके बारे में एक तो यहां पर मनका बनाने की फैक्ट्री मिली है श्रृंगार प्रसादन सामग्री यहां से मिली है जिसके अंतर्गत यहां से लिपस्टिक काजल कंगा, उस्त्रा आदि चीजें मिली हैं ठीक है अगर बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्तर से श्रृंगार प्रसादन की चीजें मिली हैं? तो वो कौन सा है चनूदड़ो और वहां से हमें मिला है लिपस्टिक काजल उस्तरा इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और एक यहां से कांसे की बैलगाड़ी मिली है कांसे की बैलगाड़ी यहां से मिली है और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान यानी कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है उसके निशान यहाँ से देख, यहां पर देखने को मिलते हैं कुत्ते के निशान तो ये महत्वपूर्ण सामग्री हमें यहां पर देखने को मिलती है ठीक है बात कर रहे थे हम चनोद के बारे में और चनोद्रोह के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर हमें प्राप्तियों की अगर बात करें तो मनका बनाने की फैक्ट्री यहाँ पे मिल रही है इससे पहले हमने देखा था लोथल के अंदर हमें मनका बनाने की फैक्ट्री मिल रही है श्रृंगार प्रसादन की सामग्री यहाँ से मिल रही है जो बार बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्थल है जहाँ से श्रृंगार प्रसादन की सामग्री मिली है तो वो चनुद्रोह है और यहाँ से लिपस्टिक काजल गंगा उस्तरा आदि यहां से मिल रहे हैं कांसे की बैलगाड़ी इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कांसे की बैलगाड़ी कहां से मिली है ठीक है एक और स्थल है दायमाबाद जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे वहां भी एक बैलगाड़ी मिली है जिसको एक नग्न आरती चला रही है दो बैल जुटे हुए हैं लेकिन अभी यहां पर जो बैलगाड़ी है ए, कांसे की बनी हुई है और जो चनुदू में बिल्ली है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर और यहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान यानी कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है ऐसा साक्ष्य देखने को मिलता है और एक यहां पर लकड़ी की पाइपनुमा नाली के साक्ष मिले हैं यानी लकड़ी की पाइप नुमा नालियां बनी हुई हैं जो जिन जल निकास प्रणाली के लिए या जल प्रबंधन के लिए काम में प्रयोग में ली जाती होंगी ऐसे भी हमें के बारे में मिल रहे हैं ठीक है तो ये चुनदड़ो था स्थिति हमने देखी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है खोज करता है इसके एम जी मजमूदार और बाद में अर्नेस्ट मेके किया 1931 के अंदर और प्राप्तियों के अंतर्गत हमने इन अलग अलग चीजों को देखा अब जो अगला स्थल है उसके बारे में हम बात करते हैं और अगला स्थल है बनवाली अगर इसकी बात करें स्थिति की तो ये हरियाणा के हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था ठीक है स्थल का नाम है बनवाली और स्थिति के बारे में हमने देखा कि यह हरियाणा के हिसार जिले में जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी उसके किनारे पर इसकी स्थिति है अगर खोजकर्ता के बारे में बात करें तो उन्नीस में आर एस बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल को खोजा और अगर यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करें तो तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं एक तो हमें यहाँ पर अग्निवेदिकाएँ देखने को मिल रही हैं एक बढ़िया किस्म का जो यहां पर देखने को मिल रहा है बढ़िया किस्म का जो हमें यहाँ पर मिल रहा है और एक चीज जो है वो है मिट्टी का हल यहाँ पर हमें मिट्टी का हल मिला है मिट्टी का हल देखने को मिला है तो तीन चीजें हैं जो यहां से प्राप्त हो रही हैं अगर बात करें स्थल की तो नाम है उसका बनवाली अगर इसकी स्थिति की बात करें तो हरियाणा के इसार ज़िले में सरस्वती नदी के किनारे इसकी स्थिति है और इसके खोजकर्ता की बात करें तो उन्नीस में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल को खोजा था और यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके अंतर्गत हमें यहाँ पर अग्निवेदिकाएं मिल रही हैं अग्निवेदिकाएँ दो स्थलों से और मिल चुकी हैं जो हैं एक तो कालीबंगा और दूसरा है लोथल यानी तीन स्थल हो गए जहाँ से हमें अग्निवेदिकाएं मिल रही हैं। यहाँ से हमें बढ़िया किस्म का जो मिला है और यहाँ हमें मिट्टी का हल मिला है तो इन चीजों के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मिट्टी का हल कहाँ से मिला बढ़िया किस्म का जो हमें कहाँ देखने को मिलता है या अग्निवेदिकाएं कहाँ कहाँ से मिली है तो जैसे तीन स्थल हैं कालीबंगा लोथल और बनवाली यहाँ से हमें अग्निवेदिकाएं देखने को मिल रही है तो एग्जामिनर क्या करेगा इन तीन स्थलों को दे देगा या इनमें से एक को नहीं देगा उसकी जगह दूसरा स्थल दे, दे देगा तो इन चीजों तीनों को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा अगला जो स्थल है उसके बारे में हम देखते हैं और स्थल है हमारा धोलावीरा स्थल का नाम है धोलावीरा इस धोलावीरा का मतलब होता है यहाँ धोला का अर्थ है सफेद और वीरा का मतलब है कुआं यानी सफेद कुआं अगर इसकी स्थिति की बात करें जो धोला वीरा स्थल है उसकी स्थिति की बात करें तो ये स्थल गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है ठीक है और अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो इतिहासकार हैं पुरातत्वविद जे पी जोशी तो जे पी जोशी ने जे पी जोशी ने 1967 और 68 में इस स्थल को खोजा था ठीक है अब यहाँ से यानी धोलावीरा से जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहां से हमें घोड़े के अवशेष मिले हैं ठीक है यहां घोड़े के अवशेष जो पहले हमने देखा था कि लोथल से भी हमें घोड़े के बारे में या घोड़े की मणमूर्ति हमें देखने को मिल रही है अब दूसरा जो स्थल है जहां से घोड़े के बारे में साक्षी मिल रहे हैं वो है दोलावीरा ठीक है अगला जो सामग्री हमें मिली है वो है यहां पर प्रवेश द्वार पर प्रवेश द्वार पर साइन बोर्ड यानी यहां पर जो एक ऐसी आकृति मिली है या ऐसा साइन बोर्ड टाइप का मिला है जो प्रवेश द्वार पर ए, ए, लगा हुआ है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन उस चीज को हम पढ़ नहीं पाए हैं जो मतलब कुछ ना कुछ संकेत देता होगा या किसी चीज की दिशा के बारे में जानकारी देता होगा एक यहां पर पशु की छोटी कांस्य की आकृति मिली है कांस्य की आकृति हमें यहां पर मिली है एक नेवले की छोटी आकृति हमें यहां पर देखने को मिलती है या जो पत्थर की मूर्ति टाइप में है वो पत्थर की मूर्ति टाइप में पत्थर से बनी हुई है जो नेवले की आकृति है वो और एक यहां पर स्टेडियम क्रीडा स्थल जिसको हम कह सकते हैं क्रीडा स्थल एकमात्र यहीं से देखने को मिलता है एक यहाँ पर हमें कब्रिस्तान भी मिला है तो इतनी सामग्री हमें धोलावीरा से प्राप्त हो रही है दोबारा से समझते हैं स्थल का नाम है धोलावीरा और इसका शाब्दिक अर्थ होता है धोला का मतलब सफेद और वीरा का मतलब हुआ स्थिति की अगर बात करें तो ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और अगर खोजकर्ता के बाद बारे में बात करें तो उन्नीस सौ में जेपी पी जोशी ने इस, इस स्थल को यानी धोलावीरा को खोजा था अब जो चीज़ें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ से घोड़े के अवशेष हमें मिल रहे हैं घोड़े के अवशेष हमें लोथल से भी प्राप्त हो रहे हैं और एक स्थल और है सुरकोतड़ा सुरकोतरा से भी हमें घोड़े के बारे में जानकारी मिलेगी प्रवेश द्वार पर हमें यहाँ पर साइन बोर्ड देखने को मिलता है पशु की छोटी काँसे की आकृति हमें यहाँ पर मिल रही है नेवले की आकृति या पत्थर की मूर्ति टाइप में यहाँ पर नेवले की आकृति हमें मिल रही है स्टेडियम यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि हड़पा सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर स्टेडियम के या क्रीडा स्थल के साक्ष प्राप्त होते हैं तो वो कौन सा स्थल है धोलावीरा। और एक यहां पर हमें कब्रिस्तान मिला है। है है, और और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो धोलावीरा वो तीन भागों में बटा हुआ था ठीक है हमने पहले विशेषताओं के अंतर्गत बात की थी कि जो धोल हड़पा सभ्यता है उसके ज्यादातर जो स्थल है वो दो भागों में बटे हुए हैं ठीक है लेकिन एक अकेला गोलावीरा स्थल है एकमात्र जो तीन भागों में बटा हुआ है जैसे मान लीजिए यह उच्च स्थल हो गया यह मध्य हो गया और यह वाला हो गया तो तीन भागों में इसका विभाजन देखने को मिलता है ठीक है आगे हम अगले स्थल के बारे में बात करते हैं और अगला स्थल है हमारा राखी राखी गढ़ी की अगर बात करें राखी गढ़ी सबसे पहले हम इस, इस स्थल की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो इस स्थल की स्थिति है हरियाणा के इसार जिले में गगर नदी के किनारे ये स्थल बसा हुआ था ठीक है अब अगर इस स्थल के खोजकर्ता के बारे में बात करें तो एक पुरातत्व विद्या है सूरजभान सूरजभान इन्होंने 1969 में इस स्थल को खोजा था ठीक है और इस स्थल में ए, के बारे में जो जानकारी मिलती है या यहां से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में बात करें तो यहां से हमें कुछ ताम्र उपकरण मिले हैं और ये स्थल भारत का सबसे बड़ा स्थल है सबसे बड़ा स्थल है ठीक है दोबारा से समझते हैं स्थल का नाम है राखी अगर इसकी स्थिति तो के, के, के, के, के बारे में बात करें तो ये हरियाणा के इसार जिले में गग्गर नदी के तट पर या गग्गर नदी के किनारे के ऊपर स्थित था इसके खोजकर्ता के बारे में बात करें तो पुरातत्वविद सूरजभान ने 1969 में इस स्थल को खोजा सूरजभान ने और यहाँ से जो सामग्री मिल रही है वो है एक तो ताम्र उपकरण और ये स्थल भारत में जो स्थल पाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा है ठीक है और दूसरे नंबर पर आता है धोला और अगर सभी स्थलों में बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो है मौन ठीक है और भारत में है ये राखी गढ़ी तो ये तो थी राखी गढ़ी के बारे में जानकारी अब भी हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में और स्थल है हमारा सुतका गेंडोर सुत्का गेंडोर अगर सुत्का गेंडोर के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में देखते हैं <coughs> स्थिति की बात करें तो ये एक नदी है दासक नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर स्थित है ठीक है खोजकर्ता की बात करें तो उन्नीस में अर्लस्टाइन उन्नीस में अर्लस्टाइन नामक पुरातत्व विद्व, विद्व, विद्व ने इस स्थल को खोजा था अब यहां पर जो सामग्री हमें मिल रही है उसके बारे में देखते हैं तो सुडोर की अगर बात करें तो यहाँ से हमें कोई विशेष सामग्री नहीं मिल रही है महत्वपूर्ण बात इस स्थल की यह है कि ये एक बंदरगाह नगर था जहां से जो मैसोपोटामिया है या अन्य जो स्थल है मध्य एशिया के जहां से सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे उनसे ये जुड़ा हुआ था तो इस तरीके से जो सुत्का गेंडोर है उसकी उसके बारे में हमने देखा दोबारा से देखते हैं सुत्का गेंडोर के बारे में अगर इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये दासक नदी बलूचिस्तान में स्थित है जो पाकिस्तान में है उन्नीस में अर्लस्टाइन नामक प्रातत्वविद ने इसकी खोज की और ये क्या है एक बंदरगाह नगर है अब हम देखते हैं जो अगला स्थल है उसके बारे में और स्थल का नाम है कोट डीजी स्थल का नाम है कोट डी अगर इसकी स्थिति के बारे में देखें कोटडीजी के बारे में तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है जगह है कोटडीजी और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी अवस्थिति है या स्थित स्थित था ये खोजकर्ता के बाद में बात करें तो 1935 में एक इतिहासकार हैं पुरातत्वविद ध्रुवे इन्होंने इस स्थल को खोजा था 1935 में ध्रुवे नामक पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कोट डी नामक स्थल को खोजा था और यहाँ पर हमें क्या है प्राक हड़पन या प्राक हड़पा कालीन अवशेष मिलते हैं यानी जो प्रारंभिक हड़प्पा का चरण है उसके बारे में अगर जानकारी मिलती है तो वो कौन सा स्थल है कोट डिजी ठीक है कोट कोटडिजी है और एक स्थल और है आमरी यहाँ से हमें प्रारंभिक हड़प्पाकालीन जो चरण है या जहाँ से हड़प्पा का उद्भव हो रहा है उसके बारे में जानकारी मिलती है तो हमने देखा कोट डिजी के बारे में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है 1935 में ध्रुवे नामक प्रातित्वविद्य ने इसकी खोज की और यहां से हमें क्या मिल रहा है प्राक हडपन हड़पनकालीन सामग्री यहां से हमें मिल रही है या प्राप्त हो रही है अब अगर बात करें अगले स्थल की तो अगला स्थल है हमारा रोपड़ रोपड़ के बारे में देखते हैं स्थल का नाम है रोपड़ रोपड़ की स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो ये सतलज नदी के तट के ऊपर अभी का जो हमारा पंजाब है उसमें ये इसकी स्थिति है और उन्नीस सौ में यज्ञदत्त दत्त शर्मा ने इसकी खोज की तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थिति सतलज नदी के किनारे पंजाब प्रांत में पंजाब प्रांत भारत में और अगर खोजकर्ता की बात करें तो उन्नीस से छप्पन उन्नीस से लेकर के छप्पन तक यज्ञ दत्त शर्मा ने इस स्थल की खोज की या इस स्थल के खोज करता थे अब यहाँ से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उसके बारे में देखा जाए तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण सामग्री जो मिली है वो है कि एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान में क्या है कि मनुष्य के साथ में कुत्ते को दफनाया गया है ठीक है तो प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है कुत्ते को दफनाया गया है ठीक है तो बात करते हैं हम रोपड़ के बारे में स्थल का नाम है रोपड़ स्थिति की अगर बात करें तो वो सतलुज नदी के किनारे अभी का जो हमारा पंजाब प्रांत है उसमें उसकी स्थिति है और अगर प्राप्तियों की बात करें तो रोपड़ से हमें एक कब्रिस्तान मिला है और उस कब्रिस्तान की खासियत ये है कि वहाँ पर मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल साथ साथ मिला है यानी मनुष्य को और कुत्ते को साथ साथ दफनाने के साक्ष से यहाँ से मिलते हैं तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कई बार इसको एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है ठीक है अगला जो हमारा स्थल है उसके बारे में बात करते हैं तो जो स्थल है वो है हमारा सुरकोतड़ा अब अगर सुर की स्थिति के बारे में बात करें ये कहां पर था कहां स्थित था तो ये भी जिस तरीके से धोलावीरा कक्ष में स्थित है उसी के आसपास ये भी गुजरात के कच्छ में स्थित है गुजरात के कच्छ में इसकी स्थिति है और अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसकी खोज जेपी पी जोशी ने की थी 1969 में इसकी खोज की जाती है और यहाँ से जो सामग्री मिल रही है वो एक तो क्या है कि यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से मिले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा भी है एग्जाम में और एक यहाँ से ये जो नगर है सुरकोतरा ये बंदरगाह नगर था तो दो चीजें यहाँ पर खास हैं घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं और ये बंदरगाह नगर था ठीक है दोबारा से देखते हैं स्थल है सुरकोतड़ा गुजरात के कच्छ जिले में इसकी स्थिति है जे पी जोशी ने 1969 में इस स्थल को खोजा और अगर यहाँ से जो चीज़ें मिल रही हैं वो दो चीज़ें हैं जिनमें एक महत्वपूर्ण है यहाँ से क्या हो रहा है घोड़े के अस्थि पंजर मिल रहे हैं दो स्थल हमने पहले देखे हैं एक तो लोथल जहां घोड़े के बारे में जानकारी मिल रही है और दूसरा है धोलावीरा और तीसरा जो स्थल है जहां से अस्थि पंजर मिल रहे हैं वो है सुरकोतरा और सुरकोतरा क्या है अपने आप में एक बंदरगाह नगर है ठीक है तो ये तो थी सुरकोतरा के बारे में जानकारी अब हम देखते हैं अगला स्थल है एक और महत्वपूर्ण स्थल है दायमाबाद और दायमाबाद की बात करें तो इसकी स्थिति है महाराष्ट्र महाराष्ट्र में या ऐसे कह सकते हैं कि ये हड़पा सभ्यता के जो स्थल है उसमें सबसे पश्चिमी का जो स्थल है सॉरी सबसे दक्षिण का जो स्थल है वो है और महाराष्ट्र में इसकी स्थिति है गोदावरी नदी के आसपास गोदावरी नदी के पास में और इसके अगर यहाँ से जो सामग्री मिली है उसके बारे में अगर बात करें तो हमें यहाँ पर एक बैलगाड़ी कांसे की बैलगाड़ी मिली है जिसको एक नग्न आकृति चला रही है नग्न आकृति चला रही है और उसमें दो बैल जुते हुए हैं ठीक है तो ये काफी महत्वपूर्ण है इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि कांसे की जो जिसमें दो बैल जुते हुए हैं नग्न आकृति चला रही है ऐसी मूर्ति या कांसे की ऐसी आकृति कहां से मिली है तो वो स्थल है दायमाबाद और ये महाराष्ट्र में स्थित है ठीक है तो ये थे प्रमुख स्थल जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की अब हम देखते हैं हड़्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है या क्या कारण थे जिसके कारण हड़्पा सभ्यता का पतन होता है तो उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहासकारों का अलग अलग मत है कोई कहता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा कुछ कहते हैं कि यहाँ पर बाढ़ से इस सभ्यता का विनाश हो गया होगा कुछ कहते हैं कि यहाँ पर कोई महामारी फैली होगी जिसके कारण इसका पतन होता है कोई कहता है कि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण यहाँ पर इस सभ्यता का विनाश हो गया तो इन बिंदुओं को हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं और जो लोग इस चीज़ का समर्थन करते हैं या जिन लोगों ने अपने अपने आधार पर इस सभ्यता के पतन को समझने का प्रयास किया उनको देखते हैं ठीक है तो हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन पतन के बारे में अगर देखें तो अलग अलग बिंदु हैं जैसे मान लीजिए नंबर एक के ऊपर देखें तो इस सभ्यता का कई लोग हैं जो बाढ़ बाढ़ को कारण मानते हैं कुछ लोग हैं जो आर्यो का आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का पतन हो जाता है इस चीज को समझते हैं कुछ लोग हैं जो या कुछ इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया कुछ कहते हैं कि भूतापीय परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का विनाश हो गया और कुछ कहते हैं कि सभ्यता का पतन महामारी के कारण हो गया ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बाढ़ के बारे में। इस संबंध में इतिहासकारों का मत है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जिसमें भयंकर वर्षा हुई और वर्षा के कारण जहां सिंधु सभ्यता बसी हुई थी उन स्थलों के ऊपर या उस जगह के ऊपर बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो जाता है तो ऐसा बहुत सारे इतिहासकार हैं जो ऐसा मानते हैं जैसे मैके है सर जॉन मार्शल है एस आर राव है तो वो क्या है इस चीज का समर्थन करते हैं सर जॉन मार्शल एस आर राव और मैके ये ऐसे इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं जिनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया दूसरा बिंदु जो है आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है या फिर 1500 ईसा पूर्व के बाद में होता क्या है कि भारत के ऊपर मध्य एशिया से आने वाली एक बाहरी शक्ति जिसको आर्यों के रूप में संबोधित किया गया है वो आते हैं और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पास में घोड़े थे अच्छे अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण हुआ क्या कि उन्होंने आर्य सभ्यता को सॉरी हड़पा सभ्यता को नष्ट कर दिया तो इस बिंदु के ऊपर चर्चा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी बात करें तो मार्टिन व्हीलर है मार्टिन वीलर गार्डन चाइल्ड और पीगट महोदय पीगट ये ऐसे पुरातत्वविद हैं जिन्होंने कारण क्या माना है हड़प्पा सभ्यता के पतन का आर्यों का आक्रमण तीसरा जो बिंदु है वो है जलवायु परिवर्तन यानी कि किसी कारणवश यानी लंबे समय तक जैसे मान लीजिए वर्षा का नहीं होना या भयंकर गर्मी पड़ना तो इस तरह का जब भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उससे भी ए, किसी सभ्यता का विनाश हो सकता है या उसका पतन हो सकता है तो इस कारण को भी बहुत सारे इतिहासकारों ने पतन का कारण माना है जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो अर्लस्टाइन है और कमलानंद घोष हैं ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारण माना है एक और है भूतापीय परिवर्तन जिसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि भूकंप आ गया या फिर भयंकर गर्मी का पड़ना इस तरीके से इस सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं और ऐसे इतिहासकारों की अगर बात करें तो इसमें ऐसा सहानी एक इतिहासकार हैं जो इस मत का समर्थन करते हैं और अंतिम जो कारण है वो है महामारी का जिसके अंतर्गत महामारी में इतिहासकारों का अनुमान है कि जैसे मलेरिया जैसी बीमारी फैली हो और उसने भयंकर रूप से एक बड़े स्तर के ऊपर जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं उनको अपने चपेट में ले लिया हो जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो तो इसके अंतर्गत जो ए, पुरातत्वविद जो इस चीज का समर्थन करते हैं वो है यू आर कैनेडी ठीक है इन्होंने मलेरिया को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है तो ये थे मोटे तौर पर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके पतन के कारण और इससे पहले हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के जो मुख्य स्थल हैं जैसे हड़पा है मोहनजोदड़ो है राखी गढ़ी है सुरकोतरा है धोलावीरा है मोहनजोदड़ो है कोट डिजी है कालीबंगा है इनके बारे में हमने देखा रोपड़ है आदि के बारे में हम इन्हें इनकी जो स्थिति है उसको समझा और जो इसके खोजकर्ता हैं उनको समझने का प्रयास किया और यहाँ से हमें क्या क्या मिला है जिसको देखा जो एग्ज़ाम के व्यू से और हमारी समझ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है धन्यवाद अगले बिंदु के साथ में मिलते हैं आगे की क्लास में